Yeah, yeah. अगर रहना है तुम्हें हर दम फिर गैरअप स्टैंड नौ नौ चलो अपनी नींद भगाओ जाओ चाहिए एक योगा मैट लेके आओ मैट लेके तो शुरू चंद मेटी होगा बड़ा फायदा होगा सिर्फ चंद मेटी होगा बड़ा फायदा होगा स्ट्रेस ऐसी तुरंत मिले राहत लैक ऑफ फोकस की आये भी न आहत फ्रेश रहो एवरी डे माई फ्रेंड कॉन्सेंट्रेशन का बना रहे फ्रेंड तो हो जाए शुरू चंद मिनट होगा बड़ा फायदा होगा चंद मिनटी होगा बड़ा फायदा होगा हंड्रेड ऑफ आसनचस्पी कब्सम अच्छे ऐसी करो लगाओ मन Easy or hard, discipline is the must. Banoge healthy yoga pe karo trust. Yoga pe karo trust. Toh ho ja shuru. Just 10 minutes yoga, bada faida hogga. Just 10 minutes yoga, bada faida hogga. Shishasan ho ya noka asan, man se karoge toh hogga sab done. Padmasan ho ya simhasan. टेली करोगे तो बनेगा ये फन बनेगा ये फन। तो हो जा शुरू योगा, बड़ा फायदा होगा योगा, बड़ा फायदा होगा तेज दिमाग शार्प मेमोरी लिखो अपनी अब सक्सेस स्टोरी थोड़ी बने फ्लेक्टिवल स्टेमिनार करो योगा टेली ये हैबिट बढ़ना हो जा शुरू Don't ever think, 'cause <laughs> long run may bust. Oh, the win-win. Just yeah, one minute.